हम हम हम लोग लोग लोग चल हैं पे अब तीन दोस्त हाय गाइस। तो आई डे टू है का का। चलिए थोड़ा सुबह सुबह निकल गया कुछ खाना पीना तो हुआ नहीं चल है चलिए कुछ खा पी ले जाए खाली मूडी खा रहे बंगाल का प्रसिद्ध नाश्ता हम लोग प्रसिद्ध नाश्ता है तबियत खराब हुआ तो मुड़ी पानी यहाँ का फेमस है चलिए गाइस तो रखते हैं फिर मिलते हैं और लाइक सब्सक्राइब मार दिया करो फटाफट फड़। बाईस